एमपी के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल खरगोन जिले के भीकन गांव पहुंचे जहां वे पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में चल रही श्री हरि शिव महापुराण कथा में शामिल हुए और भक्ति में लीन होकर कथा का आनंद लिया कृषि मंत्री कमल पटेल अपने अलग अंदाज को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं कभी वे अपने गाँव की मस्ती में नजर आते हैं तो कभी भगवान की भक्ति में लीन नजर आते है मंत्री पटेल भीकन गाँव में चल रहे पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री हरी शिव महापुराण कथा में शामिल हुए व्यासपीठ की आरती पूजा के साथ पटेल ने महाराज का आशीर्वाद लिया और इसके बाद मंत्री पटेल ने शिव महापुराण कथा का श्रवण के साथ आनंद से भाव विभोर होकर आनंद लिया